कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी एक स्माइल ही काफी है तुम दिल में बसे रहो बस ये अरमान ही काफी है हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आ जाओ अरे हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आ जाओ बस हमें याद रखना ये एहसान ही काफी है